अरे उसके जाने के बाद टूट गया था मैं लेकिन अब दिल में आज फिर जगाना है बहुत तारीफ करती थी अपनी सहेलियों की अब उन्हें ही पटाना है शकल देगी अपनी सुना है सुंदरता का बहुत जरूर है आपको लगता है हमारे जैसा कोई मिला नहीं अभी तक जिसे बात करना भी सिखाया मैंने वो आजकल मुझे तमीज सिखाती है चार नए ने नंबर क्या मांग लौंड है मुझे आंखें दिखाती कहने लगी तू गांव का देसी छोरा क्वीन ऑफ सिटी कहते हैं कहने लगी तू गांव का देसी छोरा मुझे क्वीन सिटी कहते हैं मैडम जी उतनी फेंको जितनी हजम हो सके तेरे जैसी चिपड़ियों के मैसेज पेंडिंग में रहते फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी अगर लगता है तुम्हें कि गलत हूं मैं अगर लगता है तुम्हें कि गलत हूं मैं हां सही हूं तुम थोड़ा अलग हूं दुनिया हमारे उसूलों की दीवानी है और हमारी आदत हर किसी को सलाम की नहीं कि दुनिया हमारे उसूलों की दीवानी है और हमारी आदत हर किसी को सलाम की नहीं घर का चूल्हा हो या मंजिल के इरादे जब तक इनमें आग नहीं या किसी काम के नहीं कोई ना तेरे जितनी हाय पाज नहीं है तो कल हो जाएगी तो ऐसा खतरनाक माहौल बनाएंगे ना कि बेटा नाम सुन के दिल और दिमाग में हलचल हो जाएगी आगे आगे आगे और मौत से रूबरू अभी करवा दूंगा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात तो कर ले कि मौत से रूबरू अभी कर...